आज पेपर फार्म की किचन से हम आपके सारे एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके आए हैं आज हम आपको बताएंगे कि पीनट बटर से आप पीनट मिल्क सिर्फ 30 सेकेंड्स में कैसे बना सकते हैं तो चलिए रेसिपी देखते हैं सबसे पहले हम लेंगे दो बड़े चम्मच पीनट बटर के उसे हम ब्लेंडर में डाल लेंगे फिर हम डालेंगे दो कप पानी उसके बाद हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीनी का और इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से आपका तो मिल्क हो गया तैयार इसे आप स्टोर करने के लिए किसी बोतल या किसी भी बर्तन में डाल के उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं ये स्मूदीज इसमें आप यूज कर सकते हैं अपने सीरियल पे डाल सकते हैं अपनी चाय में डाल सकते हैं और अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो आप इसमें चीनी रहने दे सकते हैं